बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कमलनाथ पर जमकर हमला बोला वी डी शर्मा ने कहा कि नाथ और उनकी कांग्रेस ने पंद्रह महीने की सरकार में सिर्फ गरीबों के हक और अधिकार छीनने के अलावा कुछ नहीं किया है अभी भी वो झूठ ही बोल रहे हैं झूठ बोलने के सिवा उनको कुछ नहीं आता बीजेपी मध्य प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ को शर्म आनी चाहिए झूठ की राजनीति करते हुए और कितना झूठ बोलेंगी ये लोग जनता से कमलनाथ ने अपनी पंद्रह महीने की सरकार में गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के अलावा कुछ नहीं किया और इतना ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी बंद कर दिया था अब चुनाव आते ही इनको जनता की याद आ गई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजनीति झूठ फरेब और आश्वासनों के आधार पर नहीं की जाती राजनीति जनता के दिलों को जीत कर की जाती है हमारी सरकार की योजनाएं जन कल्याणकारी होती है हम प्रदेश की महिलाओं को प्रति माह रुपए देंगे एक सिंगल क्लिक के जरिए बीस लाख लाडली बहनों के खाते में दस जून को इस योजना की पहली किस्त पहुँच जाएगी झूठ पर राजनीति नहीं होती हरे पर राजनीति नहीं होती आश्वासनों पर राजनीति नहीं होती कमलनाथ जी मैं पूछना चाहता हूं पंद्रह महीने आपकी सरकार थी आपने गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के अलावा कुछ नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी योजनाएं जो गरीबों की हित की योजनाएं थी उनको भी बंद कर दिया था किस मुह के साथ आप ये झूठ बोल रहे हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार 1000 हजार लाडली बहनाओं को प्रतिमाह देने का काम 1 करोड़ 20 लाख बहनों को इस मध्य प्रदेश के अंदर अगले महीने से उनके खाते में एक क्लिक से चले जाएंगे कमलनाथ जी इतना झूठ मत बोलिए आपके झूठ को मध्य प्रदेश की जनता ने पहचाना है आपका चरित्र आपकी पार्टी का और आपका